तो so, हेलो मेरे प्यारे बॉडीज कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द पोकी लेडेंट्स में और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम खेलने वाले हैं पोकी मोन द लास्ट फायर रेड सो so, ये जो लास्ट फायर रेड है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड हार्ड गेम है ऐसा सब लोग बोलते हैं कि ये सबसे हार्ड एंड पॉपुलर गेम है लेकिन हमें तो सिर्फ खेलने से मतलब है सो so, इसको इसका क्रिएटर है रॉम स्पिर और ये मतलब बहुत अच्छी गेम है इसमें जनरेशन वन टू एट है। और एक एक और अच्छी बात बताऊ आपको आप इसको रैंडमाइज़र करके भी खेल सकते हो, प्रोफेसर ओक ओके। और जैसे ही ये गेम स्टार्ट हुई थी उसमें मेरा फेवरेट पोकेमोन दिखाया था डार्क वैसे तो हर पोकमोन मेरा फेवरेट ही है लेकिन अगर लजेंडरीज में बात करें तो मुझे पसंद है ज्यादा डार्क टाइप्स में लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। ओके नेम पूछ रहे हमारा मेरा नाम है राजदीप आर ए जे डी बड़ी साहब अपना नाम भी डाल सकते हैं बिकॉज मेरा नाम राजदीप है तो मैं राजदीप ही डालूंगा ओके okay. इसको तो मैं पक्का उठ पटांग नाम दूंगा गैरी तो कॉमन नेम है सो so, मैं इसको नाम दूंगा राइवल. इस राइवल अच्छा नाम है बहुत मस्त नाम है आप खुद ही देख लो हम राइवल को राइवल नाम देंगे अब जैसा देख ही सकते हो राइवल को राइवल नेम दिया है हमने राइवल <laughs> बड़ी बहुत फनी नेम लग रहा है वैसे तो और हाँ जैसे ही हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई ना मैं सबसे पहले जाके अपना प्यारा प्यारा वाला पोषण उठाता हूँ पोषण आ जा ना तब बहुत काम में आता है चैलेंज ऑप्शन ये क्या है अभी तक तो कुछ पूछा भी नहीं है हार्ड मोड नहीं ये गेम हार्ड मोड या रेंडमाइजर ये गेम पहले से बहुत हार्ड है इसलिए हार्ड मोड तो रखूँगा नहीं रेंडमाइजर में फिर मज़ा नहीं आएगा सो so, अभी तो मैं कुछ रख नहीं रहा हूँ so, सो मैं बाद में डिसाइड करूँगा कि क्या रखना है या नहीं रखना सो so, यहाँ पे मोम ने बुला लिया है हमको अगर मोम ने बिठाया है तो फिर बैठना ही पड़ेगा ओके थैंक यू गिफ्ट है हमारे लिए शाइनी चा मरे वाह बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है वैसे आई थिंक इसको रजिस्टर करना पड़ेगा ना हाँ रजिस्टर करना पड़ेगा आई थिंक इसको बैग में देखते हैं पोशन है शाइनी जाम है पोकेबॉन्स पॉकेट में पॉकेट में कुछ है नहीं कोई बात नहीं जल्दी होगा और मॉम ने बोला है प्रोफेसर ओक की लेब में चले जाओ सिर्फ रैवल है यहाँ पे ये रहे हमारे स्टार्टर पोकेम्स और ये क्या बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया मतलब वो पो, यहाँ पे प्रोफेसर नहीं दिख रहे लेकिन ये कौन दिखे है मेरे को कमेंट कमेंट कर कर दो दो इसका नाम ओके अब आपको पता चल ही गया होगा सरीना अरे अरे रुक रुक रुक मैं इसको बुला रहा हूँ एक मिनट मैंने उसको रोका लेकिन मेरे को किसने रोका प्रोफेसर ओक रोक। ओहो आइए आइए आई थिंक हम मिलेंगे हमारे स्टार्टर्स क्या चूज करूँ मैं इसमें आई थिंक कांटो के स्टार्टर्स होंगे ना कांटो के स्टार्टर्स होंगे या तो फिर गलार के क्या बताओ आलोला के भी हो सकते हैं अलोला के होंगे तो मैं लिटन, लिटन लूँगा किसी भी रीजन के हो वैसे तो मेरे को हर एक रीजन में से अपना एक स्टार्टर पसंद है हाँ जैसा कि मैंने सोच रहा था गलार रीजन के गलार के नहीं गुरु की नहीं कहाँ गया फिर स्कोर बनी <coughs> स्कोर बनी हाँ निकनेम यस मैं दूंगा लेकिन उसको क्या निकनेम भी क्या दूं मैं ये फायर टाइप का है तो फायर निकनेम दे दूं ठीक है फायर ही देते हैं ओके फायर ओके ये कौन है ओके उसने शॉबल लिया होगा पक्का ओके शॉप स्टार्टर बैटल होगी बॉडी हमारे पास एडवांटेज है पोशन की वजह से एडवांटेज है वरना एडवांटेज टाइप एडवांटेज तो उसको है ग्राउल से पहले उसका अटैक कम करो अच्छा वो भी हमारे जैसा सेम कर रहा है हम दो बार ग्राउंड करेंगे वो भी दो बार ग्राउंड कर रहा है आई थिंक अब ये स्पीड पे डिपेंड होगा अच्छा हमारी स्पीड ज़्यादा है उससे मींस हम दो दो का अटैक पड़ रहा है और अगर किसी को क्रिटिकल हिट लग जाए तो बड़ा मज़ा आए बहुत मज़ा आएगा क्रिटिकल हिट लग गई तो उसको लगनी चाहिए क्रिटिकल हट और ए, मैं येल्लो में कैसे चला गया आई थिंक अब क्रिटिकल हिट नहीं लगनी चाहिए प्लीज आई थिंक मैं एक और अटैक सेल ओके वेल डन अब आई थिंक पोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी यस yes, नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी ओके <coughs> okay, 61 वन एक्सपी लेवल सिक्स का हो भी भीगा एम्बर सीख लिया वेल डन वेल डन फायर मुझे पता है भाई तूने गलत भुकमान उठाया है मेरे को पता है चलो कोई बात नहीं अब हम चलते हैं इन सब से बातें करके देखते हैं प्रोफेसर ओक्स एड ओके प्रोफेसर ओके नीचे काम करता है तू प्रोफेसर ओक मे नॉट लुक लाइक मच बट ही इज द अथॉरिटी ऑफ ऑन पोकेमोन्स मेनी पोकेमोन ट्रेनर्स होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड ये तो बिल्कुल सही बात है वही आई स्टडी प्रोफेसर पोकेमोन एज प्रोफेसर ओक्स एड ओके ओके मीन्स ये सब प्रोफेसर ओक के अंडर में काम करते हैं वो दो लोगों ने तो सेम ही बोला सिर्फ ये इस लड़ उस लड़के ने अलग बोला ओके okay, इससे बातें करते हैं ओके okay, भाई ये तो मेरे को पता है ये ऐसा बोल रहा है कि अगर हम यहाँ से जंप करेंगे तो हम नीचे कूद सकते हैं लेकिन हम बाद में ऊपर नहीं जा सकते उससे बड़ी इसका भी नाम कमेंट कर दो रिची बड़ी प्लीज कमेंट कर ही देना अच्छा ये भी बातें करेगा कोई बात नहीं हमारे फायर को आता है ना एम्बर <coughs> फायर एम्बर अटैक अरे वाह अच्छा डैमेज दे रहा है अरे वेल डन सही है सही है स्कॉरबन मेरा मतलब है फायर वेल डन ओके लेवल सेवन बहुत जल्दी जल्दी लेवलअप हो रहा है अरे ये तो दो बैटल में दो बार लेवलअप हो गए ये बहुत अच्छी बात है रिची कि तुम मुझसे हार गए और बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक मिनट नॉर्मल जैम आई डोन्ट है मेरे पास नॉर्मल टाइम नहीं वरना है वरना यार अभी पकड़ा दो किसी को पे पोकेबॉल नहीं है प्लीज यार सॉरी <coughs> बॉडीज क्या आपको एक बात पता है ये एक मिनट सरीना यहाँ का कर रही है बच के चलो हाँ और एक मिनट ये कौन है ए रुक रुक रुक रुक बॉडीज ये ब्लैक कलर का मिथिकल या लेजेंडरी बुक मन हो सकता है बड़ीज ये जो है ना वेरीडेंट सिटी उसके साइड में ये जो है ना रूट ट्वेंटी टू यहाँ पर मिलता है एक पोकेमोन रूकी डी बड़ीज जो आगे जाके बड़ीज देखो मिल गया रूकीडी मिला है बड़ी वैसे तो मेरे को इसको पकड़ना है लेकिन अभी हमारे पास पोकेबॉल नहीं है वैसे तो मैं पोकेमोन सेंटर में भी चला जाऊंगा और एक काम करता हूँ मैं पहले पोके मार्ट से मैं पोकी बॉल खरीद के लेके आता हूँ और वैसे भी अभी हमारा अगला काम पोके मार्ट में ही है पोके सेंटर तो ऐसे ही जा नहीं सकता हूँ मैं सो एक काम करूँगा ओके पैलेट टाउन से ही आया हूँ यस यस आई केम फ्रॉम पैलेट टाउन ओक्स पार्सल यस यस आई वांट टू बाय हाउ मैनी नहीं सत्रह नहीं सत्रह नहीं अरे नहीं चाहिए मेरे को सत्रह सत्रह मतलब एक टाइप का खतरा हाँ हाँ पाँच पाँच बिकॉज आई वांट टू कैच अ रूकेड़ी मुझे रूकेड़ी को कैच करना यार। है यार बहुत ही तगड़ा है रूकी बच के चलो बच के चलो चलो तो देखते पिछली बार तो पहली बार में मिल गया था ना रूकिडी नहीं पिकीपैक आई डोंट वांट यू आई वांट ओनली अ नहीं नहीं नहीं यार अभी नहीं, नहीं। रुकेडी, रुकेडी, रुकेडी, रुकेडी। यार अभी तू बिल्कुल प्लीज़ बे अब क्यों इतना तंग कर रहे जब है है मेरे पास बॉल पिछली बार नहीं थी तो पहली बार में आ गया था रूकीडी बड़ी यार सच बताओ तो ये बहुत दिमाग खाते है ये सब रूकी नहीं आ रहा यंगूस नहीं चाहिए नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को चाहिए तो सिर्फ रूकीूस नहीं बिल्कुल नहीं।, नहीं यार टेलो नहीं चाहिए टेलो तू जा यार अभी अभी मेरे को सिर्फ रूकीड़ी पकड़ना है चलो छोड़ो बड़ी आगे बढ़ते हैं हम लोग चलो छोड़ो वो तो मैं बाद में कभी पकड़ लूँगा रुकड़ी को ये एक मिनट एक काम करते हैं इससे थोड़ा डेवलप कर लेते हैं इनके साथ बैटल करके टीम एक्वा टीम हाँ, तो मेरे को पता है ये बहुत बुरे लोग हैं अच्छा कैंटो पे कंट्रोल करना चाहते हैं ये लोग भाई अभी तक मैं चैंपियन भी नहीं बना और तुम लोग यार अभी से ऐसी बातें करने लगे हम दोनों के पास ही फायर टाइप हो से किसी के ऊपर सुपर इफेक्टिव अटैक नहीं है एम्बर टेल वेब उसका भी डिफेंस फेल होगा हो ना देखो सब मेरे फायर को ही मारेंगे अब मैं को मारूंगा टेल वेब वेल डन वेल डन अरे यार एक तरफ अच्छा काम कर रही है तो या दूसरी तरफ अच्छा रुक पूछिया ना अब तो तू गया ले मैंने बोला था ना क्या हो गया पूछिया ना अरे वेल डन क्विक अटैक बहुत अच्छे I think, नहीं हुई पॉइसन सो ओके क्विक अटैक ओके वेल डन हरा दिया है हमने उन दोनों को uh, rest of team, you will regret this. नहीं भाई मैं कभी इसका खामियाजा नहीं भुगतूंगा ओहो खामियाजा नहीं भुगतूंगा बड़ी जितनी हिंदी तो मैंने आज तक कभी हिंदी के क्लास में भी नहीं बोली जितनी मैं अभी बोल रहा हूँ और हाँ मेरे को पुगमॉन सेंटर में हील भी करवाना है और वैसे तो मेरे को पकड़ना है रूकेड़ी एक मिनट इधर भी सबसे बातें करके देखते मेरे को रूकेड़ी पकड़ना है और या, हाँ मैं पोगमोन ट्रेनर मनी भाई देना था अगर कुछ ज़्यादा देता क्या देखो ना बड़ी सिर्फ सौ रुपये एक लाख बड़ी से एक मिनट क्या आपने भी वही देखा तो मैंने देखा इधर हमारे ट्रेनर कार्ड में एक लाख रुपये दिखा रहा है लेकिन तो वो बीच में हंड्रेड के बाद डॉट क्यों था वहाँ पे डॉट था डॉट एक मिनट मैं इस रीजन से रूकीडी पकड़ना चाहता था देखो यहाँ पर आई थिंक मिल जाएगा रूकिडी यस yes, अब देख चलो फायर फायर फायर फायर यू कैन डू दिस क्विक अटैक आई थिंक चला जाएगा एम्बर मारता हूँ यस oh, well well yes. सही बात है अच्छा हुआ अच्छा हुआ ग्राउल ग्राउल अटैक फेल करो एक काम करते हैं क्या मैं टैकल मार के देखूं चलो मुझे यार चला गया शिट फिर से मिलेगा कोई बात नहीं रुको रुको है नहीं तू नहीं चाहिए एकदम कुत्ते जैसा दिखता है नहीं चाहिए मेरे को तू बिल्कुल नहीं चाहिए हे यार काश उस काड़ी को मैंने पकड़ लिया होता तो अभी मुझे फिर से नहीं ढूंढना पड़ता ना बड़ी तो यहाँ पे नहीं मिल रहा मेरे को रुकीड़ी मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ रू को बड़ी क्यों क्यों मिल जा मिल जा हाँ मिल जा बड़ी उस पर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा इसको बिल्कुल नहीं जाने दूंगा सिर्फ एक ही अंबर मारूंगा मैं बॉन्ड हो गया वेरी गुड अब मैं इसके ऊपर है ना मैं सिर्फ और सिर्फ पॉकीबॉल फेंक के देखूंगा हमारे पास है ना पांच अरे कहाँ गई मैंने खरीदे थे यार अरे मैंने खरीदे थे बडीज चलो छोड़ो चलो कोई बात नहीं अभी तो हम चलते हैं सीधा प्रोफेसर ओक के पास बॉडीज तो अब हम आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में ही चलते हैं प्रोफेसर ओक के पास अभी तो तो तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके सो बायो